बिहार के नए मुख्यमंत्री का नाम क्या है आपके पास चार ऑप्शन है ऑप्शन ए लालू यादव ऑप्शन बी राबड़ी देवी ऑप्शन सी नीतीश कुमार या ऑप्शन डी योगी आदित्यनाथ आप अपना जवाब कमेंट करके बताइए जवाब सोचने के लिए आपके पास 10 सेकंड का समय है